आपको फोटो में एक वर दिखाई दे रहा है और साथ में ऊन दिखाई दे रहा है इस प्रकार लड़के का नाम हो जाएगा वर प्लस ऊन बराबर वरुण